नमस्कार मैं हूं यूसुफ अली सर इस समय हम जहां खड़े हैं यह वसई ईस्ट का मधुबन टाउनशिप का एरिया है इस तरफ आप जाएंगे रोड के तो मधुबन टाउनशिप कहाँ जाता है और इस तरफ रोड के इस तरफ जाएंगे तो स्मार्ट सिटी जो बनाई गई है वो स्मार्ट सिटी है यहाँ स्थानिकों का ऐसा आरोप है कि महानगर ध्यान नहीं दे रही उस वजह से गड्ढे रोड पर काफ़ी हो चुके हैं बरसात में गड्ढे होना आम बातें है गड्ढे होते हैं बरसात में गड्ढों को भरा भी जाता है लेकिन यहाँ गड्ढों का कुछ परिस्थिति अलग है दरअसल यहाँ आप ये यह देख सकते हैं कि किस तरह से ये हालात है गड्ढे है पानी यहाँ पूरे ही यहाँ से शुरू करके मेन रोड तक जाएंगे वहाँ तक यही हालात है उसके पीछे कारण यहाँ है कि जो गुजरात की कंपनी है जो गैस का प्रोजेक्ट है उसका वो कंपनी अपना काम कर रही है उसने यहाँ खड्ढा खोदा था अप्रैल मई में, में। और नियमानुसार उस खड्डे को भरा जाना चाहिए था रोड को समतल करा जाना चाहिए था लेकिन गुजरात कंपनी का ऐसा कहना है कि ये काम महानगर पालिका करने वाली है क्योंकि उन, उन्होंने इसके बदले जो भी अमानत राशि वो महानगर पालिका में पहले ही जमा कर दी और महानगर पालिका का लक्ष्य कितना है आप देख सकते हैं इस मुद्दे को हाल ही में ए, पत्रकार और आर टी आई कार्यकर्ता गुप्ता ने उठाया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर इसके बारे में पोस्ट वायरल किए हैं जिसके बाद हम यहाँ आए ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम अभी बात करते हैं किशन गुप्ता से जो आप सुनिए आगे किशन गुप्ता ने इस बारे में क्या कुछ कहा और महानगर पालिका अधिकारी बांधका विभाग से विनती करते हैं कि इस तरह से हादसे होने का इंतजार ना करें और इसको दुरुस्त कराए वैसे इसे यूसुफ अली किशन भाई आपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डाले हैं क्या है कुछ बताइए अभी देख रहे हो ये मधुबन टाउनशिप है और यहाँ पे ये कंडीशन है रोड का एक गैस के कनेक्शन के लिए इन्होंने खोदे थे और इन्होंने न तो ठेकेदार ने काम किया ना तो महानगर पालिका ने काम किया ये देखो ये हाल है कीचड़ का दे ये कीचड़ आप देख रहे हो ये कंडीशन है दिक्कत क्या परेशान देख रहे हो गड़े बड़े खड्डे हैं और रोड पे पूरी मिट्टी मिट्टी हुई हुई है जिसको आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है क्या किसी महानगर के किसी बड़े कि दुर्घटना कि का इंतजार कर रही है क्या कंपनी ने था? देखा है अपने हमने देखा है अभी भी देखो गैस कंपनी का प्रोजेक्ट यहाँ सब पड़ा हुआ है ये ये ये इनके उनके काम है हमारी मांग हैं कि ये जल्द से जल्द काम होना चाहिए और ये रोड को क्लीन करना चाहिए ये क्या बता रहे अप्रैल महीने से काम चालू है यहाँ तो काम भी हो गया है उसके बावजूद भी उन्होंने ये काम नहीं किया जो रोड का काम है अभी भी ऐसे पड़ा हुआ है महानगर पालिका के आला अधिकारी के मुझे मैसेज आया था की बहुत जल्दी इसको ठीक करेंगे काम करेंगे ऐसा करके मुझे मैसेज आया था तिवारी जी आपके क्षेत्र के हालात भाई क्षेत्र का हालात ऐसा लग रहा है जैसे की बाढ़ जो है कोलहापुर सोलापुर और सांगली सतारा में ना होकर के हमारे मधुबन में आई हुई थी जिसने पूरा तहस तो नहस करके रख दिया है आज तीन महीना हो गया तीन महीने से हमारे यहाँ के रहवासी जूझ रहे हैं इस खोत खड्ढा खोज से और दूसरा एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लोगों को उत्पन्न हो गई है लाइट की लाइट तो ऐसा लग रहा है जैसे विगत पिछले दस साल पीछे हम लोग चले गए हैं दस साल पीछे चले गए हैं कभी बारह घंटा कभी दस घंटा कभी आठ घंटा कभी ग्यारह घंटा यहाँ तक कि पेड़ हम लोगों को चढ़ के काटना पड़ रहा है हम अपने आदमी प्राइवेट लगा रहे हैं सोसाइटी वाले पेड़ कटवा रहे हैं क्योंकि स्पार्क हो रहा है आग लग रही है इनको फोन करने पे ना इनका कोई लाइनमैन उठाता है फोन ना इनका जेई फोन उठाता है कल हम कम से कम 10 बार फोन किए होंगे जेई को और इनके लाइन को लेकिन किसी ने उठाया नहीं नगर को हम दस बार जा करके बोल करके आ गए उनको कंप्लेन कर दिया उनको दिखाया अभी वीडियो भी लेके जाके बना करके दिखाया लेकिन वो लोग सुनते नहीं है मेन गेट पे इतना बड़ा खड्डा है कि जिसमें कि कभी भी कोई भी गाड़ी घुस जाए अंधेरे में रात के दुर्घटना दुर्घटनाग्रस्त हो जाए क्योंकि हाईवे है वो हाईवे पे चलता है इस बात इस बार इस तरह का इतना बड़ा बड़ा खड्डा हो चुका है लेकिन इन लोग को ध्यान नहीं है पानी भर गया पानी तो भर रहा तो अमूमन हो गया है दो दो दिन बंद हो जा रही है यहाँ पे तो अब असुविधाओं का गढ़ हो चुका है वसई विरार शहर महानगर, महानगर पालिका ने उपभोक्ता कर भी बढ़ाया। हाँ। इस पे आपका क्या अरे पहले तो हम लोग जब आए थे जहाँ पर हमने फ्लैट खरीदा था उस समय पे छह सौ था छह सौ था झाड़ू वाला एक दिन छोड़ के एक दिन आता था पानी आज भी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है हाँ हम लोगों को छह सौ हाँ पे कर था आज के दिन में वही 600 रुपया कर चार हजार रुपये में परिवर्तित हो गया है विगत सात सालों के अंतर्गत और सुविधा वही का वही जो हमको ग्राम पंचायत में मिलती थी आज भी वही सुविधा है हमारे लिए कोई सुविधा की बढ़ोतरी नहीं हुई उल्टा हमारे ऊपर में ये जो कर लाद दिया गया है जिसको लेकर के हमारे सारे के सारे नागरिक परेशान है यहाँ पर लोग शिकायतें कर रहे हैं लेकिन कर क्या सकते है खाली शिकायत कर सकते हैं लेकिन का अगर कहो किसी को कि चलना है तो नहीं हमने तो नेता क्यों बनाया है हमने क्यों इनको जिताया है वो तो यही बैठ के कहेंगे लोग लेकिन आगे आ कर उनके साथ में संघर्ष करने का अपनी आवाज़ बुलंद करने का ऐसा हिम्मत अभी पब्लिक में अभी भी ऐसा लगता है जैसे दहशत का माहौल है इसकी वजह से आज यहाँ की पब्लिक ये भुगतान कर रहे हैं खड्डे देख लीजिए आप पानी भरा हुआ खड्डे देख ले चलने की नौबत नहीं जरा सा अभी बारिश बंद हो जाती तो धूल इतना भर जाती घर में कि यहाँ पर लोग जितने बारे यहाँ पर समा के पेशेंट हैं पे बेचारे परेशान हो जाते हैं इतना धूल भर जाती है दिन भर यहाँ से पाँच मिनट के अंदर हम बैठ करके इस जगह पर पाँच मिनट के अंदर डेढ़ सौ गाड़ियों का आवागमन हुआ इसी जगह पर इस रोड पर यह क्या इतना महत्वपूर्ण रोड हो गया मधुबन का जिसमें पाँच मिनट के अंदर डेढ़ गाड़ियों का आवागमन हो रहा है और उसके ऊपर में ध्यान नहीं दिया जा रहा है नगरपालिका का अगर यह मेन रोड हो गया तो इसको इसको विस्तृत करो बढ़ाओ और दूसरे दूसरा विकल्प वाला रोड बनाओ इस तरह का जब पाँच मिनट में डेढ़ सौ आएगी जाएगी तो रोड की हालत क्या होगी यहाँ के रहवासी बेचारे परेशान हो गए छोटे छोटे बच्चे थे। थे। थे। थे। थे। ये रोड का खडा गैस लाइन गैस पाइप डालने के लिए दिया था तो हमने उसको पूछा तो गैस वाला जो है अनेेरी ग्रुप का है कोई उसने बताया कि ये नगरपालिका तो पहले तो उन्हीं से बनवाती थी जो खोदते थे वही बनाते थे लेकिन अभी वो बोल रहा था कि शायद नगरपालिका से ऐसा करार हुआ है कि वो नगर ही बनाएगी उसको वो उसका चार्ज जो है वो नगरपालिका को भर देंगे अब ना नगरपालिका ध्यान दे रही ना उसको हमने उसको प, क, उस दिन काम भी रुकवाने के लिए बोला भाई तेरा काम रुकवा देंगे अगर इस तरह का तकलीफ होगी तो बोलता साहब हमें क्यों तकलीफ दे रहे हो आप नगरपालिका को बोलो तो हम लोग किसको बोलने जा नगरपालिका को बोले तो हाँ, हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ यही हाँ हाँ हो रहा हो, हो जाएगा हो, हो जाएगा अरे कब हो जाएगा जब मर जाएंगे लोग तब तो ये कीचड़ ये पानी ये खड्डे इस पर से कुत्ते इतने ज़्यादा हो गए है कुछ पूछो मत लोगों को दौड़ा लेते इनको बोल दो ले जाएंगे नसबंदी करके लाके छोड़ दे रहे हैं वो खा पी करके लोग मस्त है हाँ और लोगों को दौड़ा लेते हैं खड्डे में लोग गिर जा रहे हैं यहाँ पर एक्सीडेंट हो जा रहा है हमारी बिल्डिंग के एक लड़के का पैर टूट गया अब लोग फ्रैक्चर हो गया बैठे हो घर में एक तो कोरोना काल में वैसे ही धंधा पानी नहीं और पैर टूट गया उसका खर्चा अलग ऑपरेशन का खर्चा अलग ये सारी बातें हो रही है तो ये खड्डे जो है जानलेवा खड्डे है